साथियों आज मैं आपको बाइसेप्स की जो पीक है एक और नया तरीका बताऊंगा जिससे बाइसेप्स की पीक बढ़ती है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा प्रेशर आता है उसका चलिए ये सिंगल बाइसेप्स लेते हैं बाइसेप्स दिखाओ एक बाइसेप्स लिया और डंबल सॉरी एक डंबल लिया और हम इसको दोनों हाथों के बीच में रख लिया और इसको जब चलाएंगे पूरा आना चाहिए आर्म ब्लास्टर बेल्ट लिया है इसलिए लिया है ताकि ये इनकी कोनी आगे पीछे ना जाए अब ये एग्जैक्ट एंगल पे बाइसेप्स के लिए चल रहा है ये देखिए इनका ये चला रहे हैं बाइसेप्स चल ये पूरा दिख रहा है डम्बल हाँ ये पूरा डंबल नीचे तक आएगा जहां तक इनकी एल्बो खुल रही है उसके बाद नब्बे डिग्री पे लाके रोक देंगे इसको फिर चलाएंगे अपनी ताकत के हिसाब से डम्बल लेंगे दस से पंद्रह रिपीटेशन में ही बाइसेप्स की पीक बहुत ज्यादा पंप हो जाती है थोड़ा सा इधर घूम जाओ ये देखिए देखिए की पीक एकदम से पूरी पंप हो जाएगी आप अगर करेंगे तो इससे की पीक और बढ़ेगी और वजन अपनी ताकत के हिसाब से ले सकते हैं दोनों हथेलियों के बीच में डंबल को रोकना है बस रोक के दिखाओ ऊपर रोक के दिखाओ डंबल ये दोनों हथेलियों के बीच में डम्बल रुका हुआ है इसको चलाएंगे आप ठीक है इसके रिपीटेशन दस बारह पंद्रह और उसके बाद अपनी ताकत के हिसाब से वजन एक एक मिनट का रेस्ट लेना चाहिए रिलैक्स। ये देखिए बाइस की पीक करीब बाइसेप्स की पीक एकदम ये कटिंग आ जाती है ये पीक उठनी शुरू हो जाएगी रफ्ता रफ्ता दोनों तरफ से रिलैक्स